नीच के सूर्य का फल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब करिए 18, 19, 20 तारीख को दिल्ली में मिलकर करके अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार